तुम बिन कहीं करार ना आए तो क्या करूं हर पल तुम्हारी याद सताए तो क्या करूं तुमको तो यही है भुला दूंगी दिल से तुम्हारी याद ना जाए तो क्या करूं बारिश आ गई और चली भी गई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 को में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए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 संभालो तू बता तेरे बिन है सुना सोना मेरे दिल का कोना कोना तू क्या जाने कैसे से कुछ आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आई मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए।, मेरी आशिकी पसंद आए। पसंद आए से जीने देगी ना चैन ऐसी मरने देगी ना चैन ऐसी जीने देगी नाचन से मरने देगी चले, चले तुम्हें तारों के शहर में फलती पे दुनिया हमें प्यार करने देगी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 चले चले तुम्हें तारों के शहर में धरती पे दुनिया हमें प्यार करने देगी क्या पता है वो जानम चाहे कुछ भी हो जाए तू तो खुद मर जाएगी जानी न मरने देगी चलले चले तू है तारों के शहर में धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी तो है वही जो है तूने तो कभी जाना ही नहीं मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा के जब तक जीव मैं जीव साथ चांद बन जाऊ तेरी गली का मैं जिस दिन भुला दू तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी Hey, hey. मैं वो बो हूँ जो किसी ने न देखा वो किस्सा हूँ मैं जो बिन तेरे था, था। हाँ मैं वो बो हूँ जो किसी ने न देखा वो किस्सा हूँ मैं बिन तेरे था, था कोई चीज जचती नहीं है किसी से मेरे हाथ में तेरे हाथों से ज्यादा तख नहीं तेरे बिन यार बिन्न या तकदा नहीं तेरे, ते तेरे जो मेरा रंग तेरा चढ़े करा करा इंतजार कर दुनिया छोड़ दी है मुझ तेरी सांस लाखेर के मैं तुझको कितना चाहता कि तू कभी सोच ना सके दुनिया छोड़ दी है भी के मैं तुझको हूँ तू कुछ भी नहीं है अब मुझको जाना है कहाँ तू ही सफर है इधर भी न जीना मुमकिन नहीं ना देना कभी मुझको तू फास मैं तुझको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके तेरे लिए कभी छोड़ दी है कि तुझको कितना चाहती हूँ कि तो तो तो तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है सरा खे रु तुझको कितना चाहता हूँ तू तो कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है मुझे तुझे सांस सासुरा करके तुझको कितना चाहता हूँ तो तू कभी सोच ना सके फिर जमाने का गम क्या करें राह देखना से रात भर जाग कर पर तेरी तो खबर न मिले बहुत आई गई यादें मगर इस बात तुम्ही Yeah. बस आया हूँ तेरे पास रे मेरी आँखों में तेरा नाम है पहचान ले सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है सब बातों की बात है मैं न जाऊंगा कभी तुझ छोड़ के ये जान ले ओ करम खुद आया है तेरा प्यार झुपाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है वो तेरे संग यारा खुश रंग बहा तू रात दीवानी मैं सर दिशा वो तेरे संग यारा खुश रंग बहार मैं तेरा हो जाऊ परेश <töker de işara> लग के गले में रो दिया जो सिर्फ मेरा सिर्फ मेरा मैंने उसे क्यों खो दिया हा वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह प्यार मेरे लिए क्यों बाकी ना रहा ओ नवा मेरे तू है तो मेरी सा चले बता दे कैसे न जीऊंगा तेरे बिना हो हम नवा मेरे तू है तो मेरी दिशा से चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा tere bina ऐसी कमी है तू तो। मैं भी न जानूं ये दूंगे इतना क्यों लाजमी है तू तो। नींद जाके न लोटी कितनी रातें ढल गई इतने तारे गिने के उंगलियां भी जल गईं ओ, ओ, ओ हम नवा मेरे तू है तो मेरी साँसी चले बता रहे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना हो हम नवा मेरे तू है तो मेरी साँसी चले बता दे कैसे ले जा रहा ले ले ले ले ले ले ले में चुरा के सारे रंग ले जा राती रात भेू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा ले ले जा जा में छुरा के सारे रंग ले जा राती राती में तू ऐसी मुलाकात दे जा जामु ऐसा रंग हो रहा जो पियाना है कोई ढूंढ के बहाना तुम्हें अपना माना चाहे रोटी जमाना चाहे मारे जगताना तुमको है पाना मु मेरे हो कल शायद नही कुछ ऐसा हो तुम तुम नो कुछ ऐसा हो हम गम ना रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर खा मोड़ दो बदले ने मैं तेरे जो खुदा खुद गिल जन्न सच गो छोड़ दो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 सौगे बड़ा बच दोगे बड़ा मज दोगे मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा बच दोगे बड़ा मजदा मेरे ही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 दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से जितनी दफा देखो तुम्ही धड़के जोरों से दुख तो भी होता नहीं मिलके गए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 सा सा है तरह, तरह सा है है तू तू तू अपनी तरह मुझे लगता नहीं है इश्क सारे रंग दे गया लेंगे एक तुझ तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम लगे हूँ तेरे साथ चाहे गे हो तुझे कितनों तुम चाहने लगे हूँ तुझे की सारी दुनिया से तेरे इश्क़ सेरे मेरा ही तो है कह दिया चाहने लगे हम तुझे कितना चाहने लगे